रहा नहीं चाहता आप क्यारी समझ गई रुको जरा सबर करो वाले कुछ देने चाह बहुत तेज हो रहा है अभी बुझाएगा ना